Well, आप लोगों के साथ पैसे नहीं होते और आपको बीमारी चल रही है ना उससे भी बड़ी बीमारी है खाली जेब क्योंकि लोगों के बिजनेस इफेक्ट हो चुके हैं जॉब इफेक्ट हो चुकी है और जब पैसे नहीं होते क्योंकि हर दिन आपको जीने के लिए पैसा चाहिए खाना खाने के लिए पैसा चाहिए आप घर पर बैठे हो कुछ नहीं है पंखा चल रहा है उसके भी पैसे लग रहे हैं तो अगर हर चीज में पैसा लग रहा है और पैसा आ नहीं रहा तो ये बहुत बड़ी समस्या है अब इस वक्त आप लोग ये जानना चाहते हो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से क्या हम पैसा कमा सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से अगर आप पैसा कमाना शुरू कर दें तो कितना बढ़िया रहेगा आज आपके बाद पैसे नहीं है बट फिर भी पैसा आना शुरू हो जाए वेल well, मैं आपको जो आज बताने वाला हूं मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताने वाला कि आप कैसे पैसा कमाएंगे मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसा कमाना शुरू कर दिया है वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ लिटरली एक भी रुपए लगाने की जरूरत नहीं है तो अब जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दे आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर दो वीडियोस अपलोड करी थी रिगार्डिंग अर्निंग फ्रॉम अप स्टॉक स्टार्टिंग में मैं इसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था मुझे लग रहा था ठीक है रेफर एंड का पैसा दे रहे हैं एक्चुअल में अपस्टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो इवेस्टमेंट कर सकते हो शेयर्स खरीद सकते हो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो तो अपस्टॉक्स इस गुड प्लेटफॉर्म अब इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा था बट मैंने क्या देखा कि मेरे अपस्टॉक्स के अंदर एक रेफर एंड ऑन सेक्शन था उस सेक्शन में मैंने जाकर देखा कि अगर आप किसी को भी अपस्टॉक्स रिकमेंड कर देते हो तो आपको पाँच मिलेंगे अब मुझे लगा कि स्टार्टिंग में ठीक है इसे तो आप कमा सकते हो मैंने जब वीडियो बना दी ठीक है मुझे लगा कि कुछ लोग कमा लेंगे थोड़ा बहुत कमा लेंगे उन वीडियो के बाद कुछ दिन बाद सुबह सुबह मेरे पे एक मैसेज आता है और मुझे आता है सर थैंक यू सो मच वो बोलते हैं थैंक यू सो मच सर मैंने आपकी जो वीडियोस देखी इससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया मैंने कहा कि भाई क्या हो गया भाई मैंने एक वीडियोस तो बनाई थी उन्होंने बोला कि सर मैंने इस रेफर एन के थ्रू दो लाख रुपए कमा लिए अब जैसे उसने बोला दो लाख रुपए कमा लिए मैंने एक्जैक्टली exactly बोला मैंने कहा अपना स्क्रीन भेजो मैंने कहा अपना स्क्रीन भेजो क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ भाई कि मेरी एक वीडियो बनाने से आपकी लाइफ में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है मैं भी तो देखू उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने दो लाख रुपए कमा लिए मैंने कहा ये बड़ी बात नहीं ये बताओ कमाई कैसे हाउ डिड यू वन देखो मेरे लिए आसान है मेरे पास नेटवर्क है बट इन्होंने कैसे कमाए उन्होंने बोला कि सर मैं कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन था मेरे पास अपना नेटवर्क था मैं कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन था व्हाट्सएप पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो मैंने उन ग्रुप्स में लोगों को बता दिया कि भैया तुम भी अपस्टॉक्स के थ्रू पाँच कमा सकते हो अब जितने भी लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर किया उससे मुझे दो लाख रुपये आ गए मतलब कितने लोग चाहिए थे फोर 400 लोगों से उन्हें 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए मुझे लगा दिस इज गोइंग अमेजिंग मैंने आपको उन वीडियोस में ये भी बोला था कि जो लोग अर्निंग करें वो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज डालते हो उसमें आप मुझे टैग कर देना यहाँ पे देखिए जरा कितने सारे लोगों ने मुझे टैग किया और उनकी स्टोरीज मैंने देखी किसी ने पाँच सौ कमाई किसी ने हज़ार कमाया किसी ने पाँच सब ने ज़्यादा कम कमाया बट द थिंग इज पीपल आर अर्निंग नाउ लोग कमा रहे हैं और यह बड़ी बात है मुझे इस चीज ने इंस्पायर किया क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा कमाने के ऊपर इंटरनेट पर वीडियोस तो बहुत सारी हैं पर उसमें कोई भी रिलायबल नहीं है रिलायबल सोर्स नहीं है कुछ ऐसी एप्स की रिकमेंडेशन है जो ऐप्स ही अच्छी नहीं है आपके लिए कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिसपे आपको जुआ खेलना पड़ेगा बट दिन केस अगर आप एक्चुअल में जीरो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग्स आते हो तो बड़े ध्यान से समझेगा देखिए अगर आप अपस्टॉक्स पर अभी अकाउंट खुलवाते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए आपका अकाउंट फ्री खोल रहा है फ्री खुल रहा है मतलब एक रुपया नहीं लगा अब कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि सर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी तो लेता अब स्टॉक डेफिनेटली लेता है बट ये आपके बैंक अकाउंट से डिडेक्ट नहीं होते मतलब आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे अगर आपने अब स्टॉक को यूज नहीं किया तो इसी के अंदर आपका बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है बट अकाउंट से पैसे नहीं रहेंगे और अगर आप यूज करते हैं तो जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं दो सौ जो भी साल के ले लेंगे आपसे उसमें बात समझिए आज हम अपना बैंक यूज करते हैं उसमें डेबिट कार्ड के चार्जेस कटते हैं अगर आपके पास हायर कैटेगरी का अकाउंट नहीं है तो आईएमपीएस के भी चार्जेस कटते हैं बहुत सारे चार्जेस उसके भी कटते हैं क्योंकि अगर एक अकाउंट चलाएगी कंपनी तो उसमें उसके कुछ चार्जेस लगते हैं बट ये आपके अकाउंट से नहीं होते इसका मतलब है कि अगर आपने यूज नहीं किया तो आपकी जेब से जाएगा जीरो तो यहाँ पर अकाउंट भी फ्री खुल रहा है कोई चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ रहे और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अकाउंट खुलवाती अगर आप रेफर और ऑन नहीं भी करते तो भी आप लिमिटेड टाइम के लिए आपको डिजिटल गोल्ड देगा डिजिटल गोल्ड क्या बोला हाथ तो में नहीं मिलेगा आपके आपके अकाउंट अकाउंट अकाउंट में में दिन के के के बाद क्रेडिट होता है खोलने डेज अंदर अंदर डिजिटल गोल्ड देखने लग जाएगा आपको अब आप सोचोगे अब सर पांच सौ रुपए रेफर के भी दे रहा है आप कहोगे सर डिजिटल गोल्ड भी दे रहा है कंपनी इतना पैसा क्यों दे रही है सिंपल सी चीज है प्रमोशन के लिए हर कंपनी को अपना मार्केट शेयर बढ़ाना होता है मार्केट में जो ये डिमेट अकाउंट के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोटक महिंद्रा भी खुलवाता है आपका जीरो भी खुलवाता है अब भी खुलवाता है ग्रो भी खुलवाता है बहुत सारी कंपनियां खुलवाती हैं बट कोई भी 500 सौ नहीं देता रहा एक्चुअल में उसके बाद फंडिंग बहुत ज्यादा रतन टाटा ने फंड किया हुआ है और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने फंड किया हुआ है क्योंकि उसके बाद फंडिंग बहुत ज्यादा है वो फंडिंग से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग के बाद जब वो शेयर अपने बढ़ा लेते हैं एक्चुअल में कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा होता है इससे तो मार्केट शेयर बढ़ाना इस वक्त इनका मेन कंसर्न है इसीलिए आपको ये 500 रुपए भी दे रहे हैं डिजिटल गोल्ड भी दे रहे हैं और देखो अब को मैं रेकमेंड क्यों ना करूं मैं उसे खुद बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं अब मैं उस पर खुद ट्रेडिंग करता हूं मैं आपको अभी आपको वीडियो भी बना के दिखाया कि अब पे कैसे आप शेयर खरीद सकते हो बेच सकते हो सो प्लेटफॉर्म क्योंकि बहुत सिंपल और इफेक्टिव है मैं उसे दिल से भी शेयर करता अगर वो पांच रुपए नहीं भी देते मैं आपको तब भी बताता कि उस पर अकाउंट खुलवा लो और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको गोल्ड मिल रहा है आपको कमाने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप क्यों ना करो अब सवाल आता है सर लोगों के लिए हो सकता बहुत आसान हो आप हमें बताइए हमारे पास कोई बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं है, हम कैसे करें देखो मैंने आपको पहले भी बताया था आप रेफर एंड अन सेक्शन में जाके अपना लिंक बना लीजिए जब आप रेफर एंड अन पे जाओगे अपना लिंक वहां से कॉपी कर लोगे लिंक आगे आपके पास अब सबसे बड़ी चीज है इस लिंक के थ्रू लोग अपना आई अकाउंट खोलवा लें अब देखिए एक तो आपके पास अपना एग्जिस्टिंग नेटवर्क होता है एग्जिस्टिंग नेटवर्क मतलब मेरे दस फ्रेंड्स है मैं उन दस फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि भैया तुम अपना अकाउंट खुलवा लो फ्री अकाउंट खोल रहा हो और डिजिटल गोल्ड भी मिलेगा उन्होंने अपना अकाउंट खुलवा लिया मेरे कहने पे अगर मेरे दस फ्रेंड्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे पाँच सौ रुपये एक बंदे से आ रहा है तो इंटू दस पाँच हज़ार रुपये मुझे ऐसे आ गए ठीक है जी मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए उसके बाद मैंने क्या किया मैं इंस्ट्रा... मैं अपनी बात नहीं कर रहा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क है बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने क्या किया एग्जाम्पल आपकी बात करते हैं तो आपने स्टोरी डाल दी लिंक आप हर जगह नहीं डाल सकते स्वाइपर पर डाल सकते हो बायो में डाल सकते हो आपने अपने बायो में लिंक डाल दिया अपना लोगों को बोला कि भैया आप जाके रजिस्टर कर सकते हो आप शॉप के ऊपर और आप भी कमा सकते हो आपको जो इनकम आई उसका आपने स्क्रीनशॉट दे दिया अब आप देखो आपके लिए हम एक और चीज कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप सेम काम कर सकते हो पोस्ट डाल सकते हो अब यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो मैंने आपको बताया भी था कि जो आप शॉक से रिलेटेड वीडियो है मेरी पुरानी इनफैक्ट इस वीडियो पे भी मैं सीसी दे दूंगा क्रिएटिव कॉमेंट्स दे दूंगा आप इन वीडियोस का चाहो तो यूज कर सकते हो आप यूज़ करोगे मैं कॉपीराइट नहीं करूंगा आप YouTube पे वीडियो डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे पर टैग जरूर डालिएगा कुछ लोग कहते हैं व्यूज़ नहीं आ रहे आप यूट्यूब पर टैक्स नहीं डालोगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे ठीक है टैक्स और थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहां पे इस वीडियो में एक और बड़ा काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं आप लोगों की जो भी अर्निंग्स आ रही हैं चाहे हजार आ रही हैं चाहे पांच सौ आ रही हैं चाहे पांच हजार आ रही हैं चाहे पचास हजार आ रही है वो अर्निंग एक तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दैट इज़ आप पुष्कर राज ठाकुर सर्च करोगे एट द रेट पुष्कर राज ठाकुर और कोई नहीं बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी हैं लोगों ने बना रखे हैं तो आप पुष्कर राज ठाकुर को टैग कर सकते हो जितने भी हमें टैक्स देखेंगे उनकी स्टोरी को भी हम रीशेयर कर देंगे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे आपके पास कुछ लोग भी आ जाएंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त लोगों को अर्निंग चाहिए सो वी कैन डू दैट सेकंड थिंग वट वी कैन डू फॉर यू एज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ भी कमा रहे हो और आपको लगता है कि मुझे ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना है कुछ लोगों ने मेल्स भी करे कि सर हमारा लिंक डाल दो देखो अगर मैं एक का लिंक डालूंगा आप सोचो कितने सारे लोग हैं सो so, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आप अपनी वीडियो बना के भेज दो मुझे अगर आप वीडियो बना के भेज देते हो तो मैं उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर या हो सकता है अगर आपकी वीडियोज अच्छी हो तो अली यूट्यूब वीडियोज़ में वो भी डाल दूँगा जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए ऐसे वीडियोज डालूंगा कि जो लोगों ने अर्निंग की आप अपने एक्सपीरियंस बताओ आपने कैसे अर्निंग करी दट इज इट बिकॉज इस वक्त लोगों को पैसा कमाना बहुत जरूरी है देखो अब के इस इनिशियटिव को मैं इस वक्त क्यों ना सराहूं ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है क्योंकि आप देखो ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको रेफर एंड अर्न पे पांच रुपए दे रहा है इस वक्त अगर पाँच सौ रुपए इंसान को इस वक्त मिलते हैं और वो पूरे महीने के अंदर मान लेते हैं वो 100 लोगों को रिकमेंड कर देता है यू कैन मल्टीप्लाई उसने कितने पैसे कमा लोगों को जॉब में नहीं मिलेंगे इतने पैसे इस वक्त सो so, एक अच्छी चीज को प्रमोट करना दूसरी चीज अब इंडियन कंपनी हम इंडियन कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं दैट इज बेटर एंड इफ़ यू आर अर्निंग इससे बड़ी चीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए देखिए मैंने क्या बोला आप मेरी वीडियो को ठाक डाल दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दो जो अच्छे आप टैग्स कर रहे हो उसमें हम रीशेयर भी कर देंगे कि जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएँ आपके पास लोग आ जाएँ एंड दैट इज़ बेटर आप उनके अगर रिकमेंड कर देते हो आपको पर अकाउंट पांच सौ मिल रहा है यू विल बी अर्निंग एंड फाइनली जो वीडियोस बना के दोगे उसे भी हम शेयर कर देंगे जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए वी आर डूइंग बट अगर आपने अभी तक अपशॉक्स पर अकाउंट खुलवाया नहीं है तो नीचे जो लिंक है उस पर जाकर साइनअप कीजिए जो उस लिंक पर जाकर क्लिक करेगा उसे डिजिटल गोल्ड मिलेगा ये हमारी तरफ से ऑफर है थ्रू बात हुई है कि जितने भी लोग हमारे लिंक के थ्रू जाएंगे उन्हें डिजिटल गोल्ड मिलेगा सो डिजिटल गोल्ड का ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए और फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग भी लिमिटेड टाइम के लिए हमेशा फ्री नहीं रहता सो so, अपना अकाउंट खुलवा लो एंड लोगों को अपने लिंक्स बना के जब आपका अकाउंट खुल जाएगा अकाउंट खुलने में तीन दिन लगते हैं भाई तीन दिन लगेंगे बट तीन दिन के बाद आप अपना अकाउंट में जाके रेफर सेक्शन में जाओ अपना लिंक कॉपी करो और जिन लोगों को भी भेज दोगे तीन दिन के बाद आपके अकाउंट में भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे उन्हें आप विड्रॉ कर सकते हो इजली पांच तक दिन का आराम से विड्रॉ कर सकते हो सो जस्ट स्टार्ट दिस आप सोचिए अगर आप ये सोच रहे हो नहीं और भी कुछ और भी कुछ तो फिर कुछ नहीं मिलेगा If you want to इफ यू वॉन्ट टू वन आई एम टेलिंग यू वट इज अस्ट वे राइट नाउ एंड स्टार्ट अर्निंग दिस वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए बिकॉज दे आर सो मनी पीपल हु वॉन्ट टू वन हो सकता है किसी को डिजिटल मार्केटिंग की आपसे ज्यादा नॉलेज हो और वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करके पता नहीं कितना कमाले क्योंकि देर इज नो लिमिट ऑफ अर्निंग आपकी अब स्टॉक के ऊपर कोई limit नहीं है अभी अभी देखो इन्होंने IPL में sponsorship दी तो पैसा बहुत है कमने के पास वो पैसा आपको दे सकती है Not a big deal for them, but it is a big deal for you if you will be earning. Finally, अगर आपके कुछ सवाल आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं आ एंड अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए YouTube पर देख सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आई वो सीन द नेक्स्ट वीडियो टेल दू ओपन योर स्टॉक्स अकाउंट डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में लिंक है आ एंड गो सेल्फ मेड